गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह का ट्वीट आईएसआई का ट्वीट लग रहा है कांग्रेस की आदत सी हो गई है शहीदों की शहादत पर तंज कसने और उनके मनोबल तोड़ने वाले बयान देने की गृह मंत्री मिश्रा ने कहा दिग्विजय सिंह का ट्वीट आई का ट्वीट लग रहा है भारत माता की सेवा कर अपने प्राणों का बलिदान देने वालों पर भी दिग्विजय सिंह तंज कसने से नहीं चूकते हैं मुझे लगता है कांग्रेस की आदत सी हो गई है सेना पर इस प्रकार के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना वहीं मिश्रा ने कमलनाथ के संविधान वाले बयान को लेकर कहा कि मैंने उनका बयान सुना और लगता है कि कमलनाथ ने इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाई गई इमरजेंसी की गलती को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है लेकिन कांग्रेस और उनके साथ कह रहे हैं की कमलनाथ जी कांग्रेस को तो संविधान के हिसाब से नहीं चलना है तो ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे आईएसआई एस की किसी ने ट्वीट किया हो भारत माता की प्राण पढ़ से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना संविधान के हिसाब से देश चलेगा वाला बयान माजी कमलनाथ जी का उन्होंने लगता है माननीय इंदिरा गांधी जी की जो इमरजेंसी लगाई गई थी देश में उन्नीस तो में उस गलती को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है लेकिन कांग्रेस को उनके साथ ही जरूर कह रहे हैं कमलनाथ जी कांग्रेस को संविधान के कांग्रेस के हिसाब से नहीं चला वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज